तबरानी में हदीस है और हदीस के रवी मौला अली श खुदा है हज़रत मौला अली शेर ख़ुदा कहते हम हुजूर की बारगाह में बैठे थे एक बद्दू आ गया देहाती नबी करीम सलातम उससे फरमाने लगे यार किधर आया कहने लगा हुजूर ज्यारत करने हुजूर का दरियाए करम जोश में आ गया जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी नज़रें फिर जलते भुझा दिए फिर रोते हंसा दिए नबी करीम अलह सला सलाम ने फरमाया उससे देखना हुजूर ने खुद फरमाया खुद नबी करीम हुजूर फरमाने लगे चल तू आ ही गया ना इस तरह का कुछ मांग ले अब तंगी ये दाम पे ना जा और भी कुछ मांग है आज वो माइल बकरम और भी कुछ मांग और कौन देता है देने को मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा चल मांग ले कुछ कहने लगा हुआ मांग लू देती था ना बद्दू था ये जो सोच सोच के चलते ना बेचारे इसी तरह रह जाते कहा वाकई हजूर ने फरमाया तुझे शाक है कोई कहा जो है मांग ले बंदा बदू था बस लिमिट ही थोड़ी थी थोड़ी लिमट थी फरमाया मांग कहा लगा हजूर मैंने सफर करना है मुझे एक ऊंट दे दे हजरत अली कहते हैं मैंने कहा तुझ पे अफसोस हमारा ख्याल था तू तो जन्नत की टिकट मांगेगा हमारा ख्याल था तू तो मां बाप को तूने ऊंट ही मांगा है बस हजरत अली ही फरमाते गोया हजरत अली का भी ख्याल है कि हुजूर से मांगो तो थोड़ा ना मांगो तो नबी करीम से मांगो तो, तो खुल खुला के मांगो जब हजूर से मांगो खुल खुला के मांगो हजरत अली शेर खुदा कहते वो इसी पे अट गया हजूर मुस्कुराए गोया हजूर ने भी कहा यार तूने मांगा क्या है मेरे महबूब ने एक और करम फरमाया कहा चल ऊंट तुझे दिया कुछ और भी मांग ले चल कुछ और अब तंगी ये दाम वहां पर ना जा और भी कुछ मांग है आज वो माइल बाता चल मांग और मांगो कहते हैं मैंने अब बनेगा। अब ये की जन्नत तो में कर देनी है। अब ये या रसूल जितने बैठे सबके लिए ऐलान कर दे दो दादी का जितने मेरी नस्ल में लोग है सबके लिए ऐलान हो जाएगा लेकिन वो वही का वही रह गया वही का वही छोटे छोटे दायरे में मांग ले लगा और भी कुछ मांग लूं ऊंट तो मैंने ले लिया फरमाया चल मांग ले बंदा ही छोटा था ये जो कहते हैं और जिनको मिला है फिर कमाल ही हो गई है खुल खिला के मिला है और मेरे एक उस्ताद थे तो उनसे एक शख्स ने कहााना मोल जुम्मे पे कह रहा था जूर कुछ नहीं देते फरमाने लगे उसे मिला कुछ नहीं ना हमसे आके पूछे हम क्या थे मैं गलिया रूड़ा कूड़ा ते महल चढ़ाया हमसे पूछे जिन्हें मिला है और किस किस तरह मिला है नबी करीम ने फरमाया और मांग ले कहने लगा लेकिन हाँ देंगे कहने लगा दी ऊँट दे दिया तो फिर सारे सफर का किराया भी दे दे खर्चा भी दे दे पैसे भी दे दे हजरत अली कहते मैंने कहा हो कुछ नहीं भाई इसकी असीयत ही नहीं किधर चला गया अब हजूर ने खुद जहां क़रीम ने वो बूढ़ी तो कौन सी बूढ़ी श्याम कहते हमारे काम खड़े हो गए यार कौन सी बूढ़ी जरा मजार की बरकत देखे नबी करीम फरमाने लगे अल्लाह करीब ने हजरत मूसा जब हिजरत करने लगे तो फरमाया मूसा जब जाओ ना तो समंदर के करीब या समुंदर के अंदर या समुंदर के किनारे मुख्तल लफ्ज हैं रवायतों में हजरत मूसा का ताबूत हजरत यूसफ का ताबूत भी दफन है तो वो ताबूत भी साथ ले जाना ये तो अल्लाह ने बता दिया पर यह नहीं बताया दफन कहाँ है हजरत मूसा ढूंढते रहे तो ढूंढने के बाद अर्ज की मोला ये भी बता दें वो कहाँ है फरमाया नहीं वो आपने खुद ही ढूंढना है हजरत मूसा ढूंढ रहे हैं क्या मजार क्या ढूंढ रहे हैं किसका हजरत हाँ अलहदुल्लात अल्लाह ने हमें दी है हम जाके पूछते हैं बताओ हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद मोहारवी का मजार किधर है हम सही वाल खड़ा होकर पूछते हैं कि पाक पतन शरीफ जाना रास्ता कौन सा जाता है ये नबियों की सुनत अल्लाह ने हमें दी है हम ये काम करते हैं हजरत मूसा ढूंढ रहे हैं और ढूंढते ढूंढते फरमाया मिल नहीं रहा था लोगों से पूछा भी कहाँ है और ये भी अल्लाह की हिकमत है वल्लाह तो अपने नबियों के सामने सारे पर्दे खोल देता है ये भी हिकमत है कहाँ कहा है मजार लोगों ने कहा हजूर एक बूढ़ी अम्मा है बड़ी बूढ़ी उसको पता है फरमाए बुलाओ अम्मा को बुलाया कह तो ज्यादा बूढ़ी है तो हजरत मूसा कहने लगे चलो खुद चलते हैं उसके पास हजरत मूसा खुद आए किस काम अल्लाह आपका भला करे Allah करे आपको याद रह जाए ये बात मजार शरीफ का पता करने आए आके अम्मा से कम्मा का, का पता करने लगी बिल्कुल पता है। का फिर कहा है? कहने लगी, ऐसे ही मुफ्त में ही बता दू मजार का पता बताने में पैसे लगते हैं को मुफ्त नहीं बताया जाता वली के मजार पर जाना कोई मामूली बात है ऐसे ही बता दू रत मुख्सा कहने लगी अम्मा मैंने तबूत निकाल के साथ ले जाना है बताओ अम्मा कहने लगी मैं ये हुजूर फरमा रहे हैं ये तबरानी है नबी करीम करीम्सम ने फरमाया बताओ हजरत मूसा कहने लगे बताओ कहने लगी पैसे लगते हैं फिर बताऊंगी क्या क्या लेती हो तो अम्मा की सोच हुजूर कहने लगे तुझसे तो उस अम्मा की सोच ही बड़ी है अम्मा की सोच देखें अम्मा कहने लगी मूसा अगर हजरत यूसुफ के मजार का पता बताऊंगी इस शर्त पर जन्नत में मुझे वो वाला मकान चाहिए जिसके पड़ोसी हजरत हो खत्म हो गई बात रखो यहां कीमत तो ले लो मजार का पता लोग समझते हैं मजार कोई मामूली बात है कोई मामूली लोग है साहब ये बहुत बड़ी बात है मजार का पता का उस जन्नत में वो वाला मकान जिसके हमसाये हजरत है यानी इधर तुम्हें इधर कंध हा पंजाबी में कंध साझी हो वे। फिर पता बताऊंगी हजरत मूसा कहने लगे अम्मा तू ज्यादा ही ऊंची चली गई है इस तरह कर जन्नत ले ले ये का पड़ोस ना जन्नत ले ले सलाम की उस अम्मा से तकरार अदब से कह रही है ये बात भी अल्लाह ने अम्मा के दिल में डाली अदब से कहती कहती नहीं फिर मूसा नहीं ना गर्भो मकान लेना जाओ किसी और से पूछ लो नहीं बताती नाज से बात कर रही है तीन चार दफा जब कहा ना तो हजरत मूसा अली सलात सलाम कहने लगी अम्मा जन्न दे तो रहा हूं जब, जब अम्मा डट गई लेना है मेरे नबी पाकसलम ने फरमाया अल्लाह से यूं ना मांगा करो कि चाहे दे चाहे ना दे फरमाया कहा करो मौला तू ही तो हमारा रब है तू दे तू नहीं देगा तो किधर जाएंगे उससे मांगो प्यार से मांगो शौक से मांगो दिल जमी से मांगो अर्ज की हजरत मूसा से तकरार करने लगी नाज करने लगी कहने लगी आप बड़े मेहरबान हैं मुझे वही वाला मकान चाहिए वही वाला चाहिए हजरत मूसा सलाम अल्लाह की बारगा में अर्ज करने लगे मोलाइए तो डट गई है अब बता क्या करना है तो रब करीब ने फरमाया मूसा खुद नहीं बोल रही मेरी तौफीक से बोल रही है और मैंने ही बात डाली में तू इस तरह कर तू वादा कर ले मैं इन शहता कर दूंगा हजरत मूसा ने वादा किया तो अम्मा एड्रेस बताया बताओ मजार की कितनी बरकत हुई बयान कौन कर रहा है? मेरे नबी ये पाप और इमाम खाजा ने लिखा है जब जनाबे फ असलाम को दफन किया गया ना तो दरिया के किनारे दफन किया गया जिस किनारे दफन किया गया वहां से पानी की एक छोटी सी नाला गुजरता था खाल बनाए जाते हैं ना पानी के नाले वो नाला गुजरता था तो उनके मजार चूंकि बना हुआ था संगे मरमर का तो जब गुजरता था तो जिस तरफ वो सारा पानी छू के गुजरता था वो इलाका सरसब्जो शादाब हो गया एक साइड सरसब्ज हुई तो दूसरी साइड वाले लोग नाराज हो गए कहने लगे तुम्हारे अकेले के नबी नहीं थे हमारे भी हैं हम निकालेंगे रात को तबूत इधर दफन करेंगे हमें भी तो सब्जा चाहिए ना हमारे खेतों को भी इसी दरिया का पानी लगता पर सब्जा नहीं लेकिन क्योंकि हजरत सलाम के मज़ार से चूके गुजरता है तो तुम्हें मिलता है अब फैसला क्या हुआ इमाम खाजन कहते हैं उन्होंने कहा इस तरह करो हजरत यूसुफ को वहीं रहने दो तो एक ऊपर से खाल बना लेते हैं पानी सारा इधर से गुजरेगा आगे जाके दो हिस्सों में बांट लेंगे आधा इधर चला जाएगा आधा इधर चला जाएगा कहते हैं जब उन्होंने बांटा तो सारा इलाका ही हो गया। इस इस पाकिस्तान में कौन सा जुल्म है जो नहीं हुआ कौन सा जुल्म है जो यहां नहीं हुआ? कौन सा है जो लोगों ने नहीं किया लेकिन पता है इसके खेत खुशक नहीं हुए आपको पता है इस वतन की धरती पर सब्जा उगना बंद नहीं हुआ आपको पता है यहां सब कुछ हुआ हुक्मरान लूट के खा गए लेकिन इस धरती पे कभी खुश्क नहीं आई यहाँ कभी खेतों ने सब्जा उगाने से इनकार नहीं किया यहाँ के दरख्त फल देते रहे पता किसकी बरकत है बात लिया की बरकत से। तुम दाता साहब को बात करते हो ये जो तेरे घर में फल आता है और जमीन उगाती है ये गंज बख्श अली हजमे की बरकत है ये फरीद उदीन गंजे शकर मुल्तानी की बरकत है ये मुहद श्या पाकिस्तान की बरकत है ये मिया शेर मोहम्मद शरतपुरी की बरकत है ये अमीर मिल पीर जमात अली शाह की बरकत है ये इन दरवेशों की बरकत है कि इनके मजार जमीन पर बने हैं तो सब्जा उगता रहता है बहारे होती रहती हैं। फूल है। तू तो इनका शुक्रिया अदा करने की बजाय मुखालफत करने लग गया तू तो उल्टा बात करने लग गए पढ़ना किताब तुझे समझ आएगी, तुझे मिल कहां से रहा है रब करीम तो इनकी हयाश बड़ी करता है एक शख्स मुझे कहने लगे जी कबर क्या होती है आप मजाल पे चले जाते हैं मैंने कहा तुझे आज तक नहीं समझ आई पढ़ तिर शरीफ नबी पाग ने फरमा कबर उल मोमिन तुम मिल रिया मोमिन की कबर कबर नहीं होती जन्नत का टुकड़ा होती है हम तो जन्नत की ज्यारत करने जाते हैं आज तक समझ नहीं आई और यह भी याद रखो जिसका जिस बुजुर्ग से ताल्लुक होता है वो बुजुर्ग उसके साथ होता है पीर मुरीदा देरते रहे दे। हो नो चूठे हो न हाँ, उसका काम है ये क्या बात हुई कि जिसके जिस जिसके, जिसके गुण गाए सारी जिंदगी जिसका नाम लेके जिये बैठे कहीं थे पर उसके तज उसके गुण गाते रहे वो भूल जाए ये कैसे हो सकता है ये मुमकिन है कोई छोड़ दिया सारा कुछ जिसके नाम पर वो याद ही ना करे